हमको जो करना है वो तो करके ही हम जाएंगे आने वाले कल फिर आकर मौसम नया बनाएंगे मौत परोशों से दे दो तो अब उनको हम अपनाएंगे अपने अपने नापों का खुद ही कफन सिलाएंगे